लूट के ले गया दिल वो जगरे साम राजा के ले गया दिल वो जगरे साम राजा या दिल करे राजा राजिका जी कह रहे हैं क्या कर रहे हैं मैं तो गई भरने में जमना दीवानी एक छवि नचकज की हुई मददीवानी एक छवि नचक की हुई मदीवानी उसने मारी जो तिर जी नजर सांबरा जा गया जादूगर रुकने गिल बोझर हमारा जादूगर गया दिल वो करे कॉमरा जादूगरे सुन बातरी की सुधबुद में कोई बातुरी की खोई फुल गई लोकलाज मैं होई हो गई लोकलाज वर्तरी में हो तेरी में हो तुम, तुम की धरे, राजा तो करे काम राजा डोग लुट के ले गए दिल वो जिगरे काम राजा डोग तो शाम तुमसे आत लड़िया बाधल शाम तुमसे आतक लड़िया यही तमन्ना से जीवन की घड़ियां, यही तमन्ना से जीवन की घड़ियां, यही तमन्ना शेल जीवन की घड़ियां, तेरे चरणों में जाए शामे गिर मोजगरे शाम राजादूगर समराजादूगर समादूगर समाजादूगर सम राजा दुगर समराजा दुगर दुगर गया दूर सुन रोज